एक भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है ए उदयपुर बी जयपुर सी बेंगलुरु डी मुंबई उत्तर बी जयपुर दो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ए महाभारत बी उपनिषद सी मुंटकोपनिषद डी ऋग्वेद उत्तर सी मुंकोपनिषद तीन भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है ए हिंदी बी अंग्रेजी सी उर्दू डी तमिल उत्तर हिंदी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है ए हिंदी बी ब्राह्मी सी खरोष्टी डी संस्कृत उत्तर डी संस्कृत पांच इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है ए नील नदी बी मिसिसिपी नदी सी घोंघो नदी डी अमेजन नदी उत्तर डी अमेजन नदी